मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा हमारी पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और यहां कार्यकर्ताओं के समर्पण की ही चलती है उन्होंने हिजाब को लेकर कहा कि कोई इस में ना रहे यहां ऐसा कोई विवाद है और न ही कोई प्रस्ताव विचाराधीन है गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा इस वर्ष हम श्रद्धे कुशा ठाकरे की जयंती वर्ष को समर्पण वर्ष के रूप में मनाने जा रहे हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेसी थोड़ी बहुत अपनी उपलब्धिया भी बता दे उन्होंने कहा माँ महात्मा और परमात्मा की पूजा सदैव होनी चाहिए संत रविदास जी की जयंती को सरकार और हमारी पार्टी भव्य स्तर पर मनाने जा रही है प्रमोशन में आरक्षण संबंधी मसले पर सपाक्स और अजाक्स में 90 प्रतिशत मामलों पर आंशिक सहमति है कांग्रेस अपनी उपलब्धियाँ भी बता दे थोड़ी बहुत दूसरे हमारे जो संत थे विदास जी उनकी जयंती को बड़े पैमाने पर सरकार मध्य प्रदेश में मना रही है मुख्यमंत्री जी ने उससे संबंधित कार्यक्रम भी घोषित किए हैं पार्टी ने भी उससे संबंधित कार्यक्रम घोषित किए हैं और संत वो इतने बड़े थे महात्मा काफी बड़े थे और अपनी यहां कहावत भी है मां महात्मा और परमात्मा इनकी पूजा सदैव होनी चाहिए उन्होंने कहा अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन को निर्देशित किया है कि वो 90 प्रतिशत सहमति को शत प्रतिशत पर लाने के लिए दोनों संगठनों से चर्चा करें नरोत्तम ने हुंडई कार को लेकर एक बार फिर कहा की यद्य हुंडई ने खेद व्यक्त कर दिया है फिर भी वो ध्यान रखें कि ऐसे पुनरावृत्ति ना हो हिजाब को लेकर कोई भी भ्रम की स्थिति में न रहे ना यहाँ ऐसा कोई विवाद है और ना ही ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है हमने जब सम्मानित कर्मचारी संगठन हमारे पास आए थे हमने तक्षण उन्हीं से कह दिया था कि आप दोनों जिस विषय पर सहमति होगे, सर्वानुमति का जो प्रस्ताव आएगा सरकार मानने को तैयार है हम आज भी आपके माध्यम से कह रहे हैं और वहाँ भी चर्चा में नब्बे विषयों पर सहमति आ गई थी चूंकि उन्हीं के कर्मचारी संगठनों की ओर से एक पक्ष का प्रस्ताव ये आया कि 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ रहा है तो उसका प्रतीक्षा कर लेना चाहिए उसके प्रकाश में फिर निर्णय करना चाहिए, जिस पर सम्मानित सभी मंत्रीगणों की भी एक राय थी तो उसको फिर आगे बढ़ाया है और इसी बीच में हमने एसीएस जीएडी को भी कहा है कि वो सम्मानित कर्मचारी संगठनों के प्रमुखों के साथ में बैठ जब 90 पर आंशिक सहमति है तो इसको शत प्रतिशत पर लेके आके मार्ग निकलता हो तो निकाल ले हमने चेतावनी हुंडई को भी दी थी खेद व्यक्त करने के लिए और हमने चाइनीज माजा के लिए अमेजन को भी कहा था दोनों ने चाइनीज ने मांझा उससे हटा दिया है चाइनीज मांझे को अमेजन ने और हुंडई ने उस पर खेद व्यक्त कर दिया है तो हम मानते हैं इस विषय का पटाक्षेप हो गया है लेकिन उसके बावजूद भी मैं हुडई से ये कहना चाहूंगा कि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो कोई भी विवाद नहीं है और ऐसा कोई भी प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार के पास विचाराधीन नहीं है इसलिए कोई भ्रम की स्थिति ना रहे और जहाँ पर वो विवाद है वहाँ भी मामला न्यायालय में लंबित है हाई कोर्ट में लंबित है संगीत किशोर लहरियों ऐसी सांस्कृतिक ताने पाने तक